हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं जब मन में शुद्धता होती है तो खुशियाँ परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे चली आती हैं अगर आपके मन में बुराई होगी, तो बुराइयाँ साथ आएंगी मन ही सब कुछ है आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे।